नमस्कार मैं गौरी प्रस्तुत करती हूँ तिलखुश मनपसंद शायरी अच्छी बातें प्यारी बातें मगर आज तिलखुश मनपसंद शायरी नहीं सिर्फ अच्छी बातें प्यारी बातें कोरोना वायरस का दूसरा संक्रमण बहुत ही भीषण हुआ हो रहा है बहुत सारे लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं बहुत मानव जाति की हानि आर्थिक हानि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है आपने बहुत कुछ गवाया है मैंने बहुत कुछ गवाया है ऐसे समय पर हमने क्या खोया इसकी तरफ ध्यान देने से हमारे पास आज जो भी कुछ है क्यों ना उसकी गिनती करें? ऐसा करने से हमारा हौसला बना रहेगा इसी को तो ग्रैटिट्यूड कहते हैं पॉजिटिविटी कहते हैं हौसला कहते हैं भगवान का शुक्र मानेंगे जो भी आज कुछ हमारे पास है उसके लिए और मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ सरकार हमारी शक्ति है इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारी शक्ति हमें सरकार देती है सरकारी कर्मचारी जो कि दिन रात काम में लगे हुए हैं पुलिस अधिकारी पुलिस फोर्स डॉक्टर्स नर्सिस हर एक वो व्यक्ति जो हमें मेडिकल असिस्टेंस देता है हां चाहे वो केमिस्ट का दुकान वाला ही क्यों ना हो ये सारे व्यक्तियों का मैं तहदिल से धन्यवाद करती हूँ इन लोगों की वजह से आज हम इस बीमारी का मुकाबला कर पा रहे हैं और ज़रूर हम कामयाब होंगे हिम्मत न हारें सरकार से कोऑपरेट करें सहायता करें